हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीति आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रीति किचन में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आलू दम की रेसिपी ये बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी आप चाहे तो इसे पूरी या पराठे के साथ खाए बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल्टन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आलू दम की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम आलू को दो सिटी देके उबाल लिया था और अब मैंने इसे कट कर लिया है तो देख सकते हैं आप मैंने इसे थोड़ा बड़ा ही साइज में कट किया है आप चाहे तो उसे किसी सेप में भी कट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसे फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल में ही हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे लगभग एक चौथाई चम्मच और थोड़ा सा हम डालेंगे मिर्ची पाउडर और एक बार हम इसे तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इस आलू को इसमें फ्राई करेंगे तो फुल फ्लेम पे हम आलू को लगभग दो से तीन मिनट के लिए फ्राई करेंगे वैसे तो आप इस रेसिपी को बिना आलू फ्राई किए हुए भी बना सकते हैं पर आलू फ्राई करने से आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आलू को हमें लगातार चलाते हुए फ्राई नहीं करना है क्योंकि उबले हुए आलू है तो ये टूट सकती है तो थोड़ा थोड़ा देर में हम इसे पलटते हुए दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे तो देख सकते हैं कि मैंने अब आलू को फ्राई कर लिया है तो अब हम इसमें इस आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए अब आलू बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो चुकी है तो अब हम इसे निकाल लेंगे मैंने दो उबले हुए आलू को पहले ही साइड रख दिया था उसे हम ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो चलिए अब इसी कढ़ाही में हम ग्रेवी बनाते हैं तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ दो चम्मच तेल डाला है इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे ही से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में और इसमें हम कुछ खरे मसाले डालेंगे तो सभी मसालों को मैं एक ही साथ डाल दूँगी और इसे हम फुल फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे मसालों को कुछ सेकेंड फ्राई करने के बाद अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे तो मैंने तीन प्याज को इस तरह से कट कर लिया है और अब हम इसे फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो प्याज हमारा जल्दी फ्राई हो जाए इसके लिए हम इसमें एक चौथाई चम्मच नमक ऐड कर देंगे और प्याज को अब हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है तो देखिए मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है और प्याज अब अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे तो मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और फुल फ्लेम पर हम इसे कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम इसमें बाकी के भी मसाले ऐड करेंगे आप चाहे तो प्याज को डायरेक्ट कट करके फ्राई करने के जगह प्याज को आप ग्राइंड करके उसके बाद उसे भून के फ्राई करके सब्जी को बना सकते हैं पर मुझे इस तरह से बनाना पसंद आता है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक टमाटर तो टमाटर को मैंने लंबे स्लाइसिस में कट कर लिया है और अब हम इसे फुल फ्लेम पर लगभग कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे टमाटर को हमें सॉफ्ट नहीं करना है क्योंकि हम इसमें कुछ मसाले और फ्राई करेंगे तो उस समय ये सॉफ़्ट हो जाएगी तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर तो ये तीखी वाली मिर्ची पाउडर है और एक चम्मच ऐड करेंगे धनिया पाउडर और एक बार हम इसे एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इन मसालों को मीडियम फ्लेम पे लगभग दो से तीन मिनट के लिए फ्राई करेंगे इससे मसालों का कच्चापन चला जाएगा तो देखिए मसालों को मैंने लगातार चलाते हुए तीन मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अब टमाटर भी सॉफ्ट हो गई है तो अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें अब हम दही एड करेंगे तो मैंने आधी कटोरी दही का इस्तेमाल किया है और दही डालने के बाद हम इसे तुरंत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक दही अच्छे से फ्राई होना हो जाए और इसमें से तेल रिलीज़ ना होने लगे तो दही के साथ मसालों को फ्राई करने में लगभग हमें पाँच से सात मिनट लगेगा मसाले अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं आप देख सकते हैं कि इसके किनारों में से अब तेल रिलीज होने लगी है और जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि इसमें टमाटर प्याज सभी मसाले अच्छे से भून गई है और सभी चीज़ सॉफ्ट भी हो गई है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक तो नमक मैंने दो चम्मच इस्तेमाल किया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच गर्म मसाला पाउडर और अब हम इन सभी को फुल फ्लेम पर कुछ सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे चार से पाँच हरी मिर्च और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हमें कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दो उबले हुए आलू जिसे मैंने मैश कर लिया है इसे मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है इसे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है तो अब हम इसे भी फ्राई करेंगे मसालों के साथ तो इसे हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है कुछ सेकेंड के लिए फ्राई करना है तो फुल फ्लेम पे हम आलू को मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे तो अब मैंने इसे फ्राई कर लिया है तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू भी ऐड कर देंगे और उसे भी हम अच्छे से मिक्स करके लगभग दो से तीन मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो इस समय हम गैस का फ्लेम फुल ही रखेंगे क्योंकि अब हमें मसालों को भुनना नहीं है बस हमें थोड़ा सा इसे आलू के साथ मिक्स कर लेना है ताकि मसालों का फ्लेवर आलू के अंदर भी अच्छे से चला जाए तो देखिए लगातार चलाते हुए मैंने इसे कुछ सेकंड के लिए भून लिया है और अब इसका कलर देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और ये अच्छे से फ्राई भी हो गई है तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए तो पानी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप पानी का इस्तेमाल कर लें तो मैं पहले इसमें एक गिलास पानी ऐड करूँगी और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं फिर इसमें पानी डालूँगी तो मुझे अब ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कस्तूरी में इसे हम हाथों से अच्छे से क्रश कर लेंगे इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनट के लिए पकने देंगे दो से तीन मिनट हो चुका है तो देखिए सब्जी हमारी बन रेडी हो चुकी है इसकी ग्रेवी भी अब थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी अब कितना बढ़िया हो गया है तो आपको ये मेरी आलू दम की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूले तब तक के लिए बाय